नमस्कार दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तगड़ा झटका दिया है आईएमएफ के अनुसार इस साल भारत में मंदी आ सकती है दरअसल आईएमएफ ने इस वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान विकास दर 6.8 प्रतिशत से घटाकर छः दशमलव एक प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है हालांकि भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को देश में आम बजट पेश करेगी लेकिन इन सबके बीच आने वाले दिनों में भारत की बड़ी कंपनियों में छटनी की जा सकती है जिन बड़ी कंपनियों में छटनी की जा सकती है उनमें शामिल हैं रिलायंस इंडस्ट्री अडानोई ग्रुप्स और टाटा समूह महिंद्रा ग्रुप्स जैसी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है यानी देश में आने वाले समय में ज्वालामुखी एक बार फिर फूटेगा और सीधा इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधे पड़ेगा वैसे भी हमारे दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका इससे जूझ रहे हैं अब आशंका जताई जा रही है कि भारत भी इसी कतार में है और भारत को भी तगड़ा झटका लगेगा अब आस मोदी सरकार से ये है कि वो जल्दी ही बड़े फैसले ले वरना आने वाले दिनों में ज़रूरी कीमतों के दाम तेजी से बढ़ेंगे और इसका असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और मजदूरी भी घटने वाली है ये देश के लिए बड़ी ही चिंता की बात है ये भारत को जल्द ही समझना होगा की उसके आर्थिक हालात खराब होने की कगार पर है